आप सभी का का आपके चैनल एस्ट्रो पे दिनांक 5 सितंबर 2018 दैनिक राशिफल उससे पहले गुरूर ब्रह्मा, गुरूर गुरूर देवो महेश्वरा, ब्रह्मा, गुरु तो आज उस गुरु को अभिवादन करते हैं सर झुकार करके कोटिशा उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया और बच्चों के तो प्रारंभिक गुरु उनके माँ बाप ही होते हैं तो आप सभी हमारे जितने श्रोता का ये वीडियो देख रहे हैं सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आज अपने माँ बाप के साथ साथ अपने गुरुओं की इज्जत करिएगा जाइएगा जो कुछ यथास्भव हो सकता है वो आज उनको आप जो है करिएगा समर्पित करिएगा हमारा यहाँ ऐसे कोई धन से नहीं है सेवा भाव से भी आप कर सकते हैं आप तन मन धन तीनों चीज से कर सकते हैं बस उसमें आपका विश्वास होना चाहिए आस्था होनी चाहिए तो ये आप लोगों को करना है अपने गुरु की आज सेवा करनी है और प्रण ले लीजिए कि हमेशा अपने गुरु समान व्यक्ति की आप इज्जत करेंगे दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल जरूर दबाइए क्योंकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के कि आप तक पहुंचती रहे और डेली रात में 10 से 11 बजे तक का जो हमारा ये लाइव शो चलता है इसमें आप भी फ्री में कोई पैसा नहीं पड़ेगा अपने किसी एक प्रश्न का उत्तर और समाधान जान सकते हैं तो देर किस बात की दर्शकों प्रतिदिन रात में थमनील पर नंबर दिया ही गया है तो उस पर आप फोन करिए फोन आ भी रहे हैं अभी हम फोन उठाते हैं सबसे पहले आज ग्रह के गोचर पर हम जो है दृष्टि डाल लेते हैं तो इस समय सूर्य बुद्ध क्रमशाह और शुक्र तुला राशि में गोचर कर रहे हैं शनि वही धनु राशि में गोचर कर रहा है।, है केतु और मंगल ये क्रमशाह मकर राशि में गोचर कर रहे हैं राहु कर्क राशि में चंद्रमा जो आज रहेगा ये हमारा मिथुन राशि में गोचर करेगा दर्शकों पांच सितंबर के लिए कुछ खास चीजें आपको बता दे रहे हैं कुछ खास टिप्स बताए दे रहे हैं तो जो पंचांग हमारा होता है पांच अंगों से मिलकर बना होता है तिथि वार नक्षत्र करण योग ये पांच अंग हैं पंचांग के और इस समय जो है आज तिथि जो रहेगी दसवीं तिथि रहेगी पंद्रह बजकर एक मिनट तक की उसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी आद्रा राहु का नक्षत्र सत्रह बजकर तक की आद्रा नक्षत्र रहेगा उसके उपरांत फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और सिद्धि योग प्रातः सैतालीस मिनट तक रहेगा इसके बाद व्यतिपात योग रहेगा यदि हम आज सूर्योदय और सूर्यास की बात करें तो सनराइज होगा प्रातः इक्यावन मिनट से सनसेट होगा अट्ठारह बजकर अट्ठारह मिनट तक राहु काल की बात कर लेते हैं तो राहु काल का जो समय रहेगा ये रहेगा बारह बजकर चार मिनट से तेरह बजकर मिनट तक का ये जो समय रहेगा ये हमारा राहुकाल का समय रहेगा इसके साथ साथ शुभ कार्यों को यदि करना हो तो आप अमृत काल में कर सकते हैं से नौ बजकर उन्नीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये अमृत काल का रहेगा इस दौरान आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं अब आज चुकी जो है जो दसवीं तिथि है तो हमने कल भी आपको बताया था कि दसवीं तिथि में परवर का सेवन और दान ये नहीं करना चाहिए एकादशी तिथि को चावल और दाल नहीं खाना चाहिए दसवीं तिथि जो है ये धर्मिणी और धनदायक तिथि मानी जाती है क्योंकि दसवीं तिथि को पूरा नाम से भी जानते हैं तो इस तिथि को पूरा नाम से जो है जाना जाता है मध्यम फलदायी ये तिथि होती है और अच्छी तिथि मानी जाती है वाहन खरीदना एवं सरकारी कार्यों में यदि कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो उसमें ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो दर्शकों चलिए अब हम पंचांग हो गया ग्रह गोचर हो गया राशिफल पर बढ़े उससे पहले एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं ये किसी का कॉल आ रहा है चलिए अभी लेते हैं हलो? हलो? कोई बोल नहीं रहा है तो अब ये फोन नहीं उठेगा और इस नंबर को भी अब नहीं उठाएंगे लास्ट में थ्री थ्री फोर फाइव हेलो राम राम जी में तीन आ, में है है अप्रैल अप्रैल बजे बजे बजे हुआ बीमार दोपहर दोपहर इनकी सिंह लग्न की कुंडली है कुंभ राशि है जी। आपका प्रश्न है ये बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं इनको न्यूरो से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है ये बताइए पर आ गया जी हो हो गए रहा इनका बुद्ध बहुत ही ज्यादा जो है गड़बड़ है और शुक्र गड़बड़ है दो प्लेनेट इनके गड़बड़ हैं चलिए हम आपको उपाय बताए दे रहे हैं देखिए दर्शकों इनसे बात किए प्रॉब्लम इनकी जो थे टेकल किए तमाम चीजें हो सकती थी हो सकता था दुर्घटना हुई और ना उठ पाए लेकिन बुद्ध से रिलेटेड हमको इनकी कुंडली में प्रॉब्लम लगी तो हमने बताया कि न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इन्होंने जो है एक्सेप्ट भी किया तो श्रीमान जी यदि आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि तुलसीदास कृत जो है हनुमत रहस्य जो है एक बुक आती है उसको ले लीजिए और डेली उसका दो पाठ आप करना स्टार्ट कर दीजिए शनिवार वाले दिन आपको उड़द के बड़े बनवाने हैं और ये जो है इनके हाथ से लेकर के किसी गरीबों को देना रहेगा बुधवार वाले दिन घास में थोड़ा सा काला नमक का आपको मिला करके और गाय को खिलाना रहेगा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ इनके लिए सर्व जो है मंगलकारी रहेगा इतना कार्य करिएगा इसके साथ साथ यदि संभव है तो हनुमान बाहू का भी पाठ करवा लीजिए और भी पाठ है जैसे महामृत्युंजय का होता है तो महामृत्युंजय यदि करवा सकते हैं तो करवा लीजिएगा और बाकी आप एक बार जो है विस्तार से जो है आकर इनकी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि की बात करें तो आज बहुत सारे जो है आपके लिए काम निपटाने का दिन है खास दिन रहेगा और आज आप जिस भी कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे उसमें प्रारंभ में तो कुछ व्यवधान होगा लेकिन अंत में परिणाम आपके अनुरूप रहेंगे और धन संबंधित जो है जितने भी आज व्यापार आपके हैं और व्यवहार है आज जरूरत से ज्यादा ही रहेंगे उधार का लेनदेन लगा रहेगा फिर भी आर्थिक पक्ष कर तो पाते हुए नजर आ रहे हैं पारिवारिक वातावरण महिलाओं के सौम्य व्यवहार से खुशहाल बना रहेगा किसी सदस्य की जीत पूरी करने के लिए आज अधिक खर्च करना पड़ेगा सेहत आपकी उत्तम रहेगी इसके साथ साथ मेष राश के जात आज आप थोड़ा संकोची हो सकते हो सकता है अपने मन की बात आप किसी से व्यक्त करने में कुछ आपको झुंझलाहट हो इसके साथ साथ कुछ गलत फैसले भी आज आप लेते हुए नजर आ रहे हैं करना क्या है आज आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो लाइट ग्रीन कलर कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा ई नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा वृषभ राशि की ओर चलते हैं उससे पहले एक फोन आ रहा इसको हम ले लेते हैं हेलो हाँ जी? राम राम, राम जी राम राम जी मैं कर रही हूँ डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस तीन चीज बताइए सत्रह बारह उन्नीस तो सौ अब जी बारह उन्नीस सौ नब्बे सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ नब्बे टाइम बताइए जन्म स्थान कोलकाता मिथुन लग्न की है, धन राशि है आपकी जी आप अपना प्रश्न बताइए मेरा क्वेश्चन ये है मेरा मेरा मेरा में में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत चल रही क्या जाएगा और जॉब हो सकती है चलिए ठीक है इनका प्रश्न था कोलकाता से बोल रहे थे कि इनकी नौकरी कब तक लगेगी और लव लग लाइफ में इनके प्रॉब्लम रह रही है तो देखिए नौकरी की जो आपने बात पूछी है नौकरी आपको लगेगी 2019 के बाद में और जो लव लाइफ की आपने बात पूछी है लव लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी अगर आप लव मैरिज करते भी हैं तो आगे जाकर खंडित होगी ब्रेक हो जाएगी दो विवाह का योग भी है इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप हाँ आप एक व्हाइट सफायर सफेद पुखराज इसको बोलते हैं आप पहन लीजिएगा आपके लिए ठीक रहेगा आपके लव लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा और जॉब के लिए भी ठीक रहेगा और विष्णु सहस नाम का डेली पाठ करिए वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर आज बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए वृषभ राशि के जातक नजर आ रहे हैं धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। कोई नया बिजनेस और पार्टनरशिप आज शुरू करते हुए नजर आ रहे है कुछ लोगों के को आज महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं आज आज आपकी तारीफों की होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है इसके साथ साथ के दिन आज के दिन, दिन कार्यक्षेत्र गृहस्थ जीवन में बहुत उठापटक वाली स्थिति रहेगी व्यवसायिक वर्ग भी एक साथ कई काम हाथ में लेने पर आज उलझन की स्थिति से गुजरेगा आज अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है अधिक कमाने की लालसा के कारण आज आप अनैतिक कार्य करते हुए नजर आएंगे किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर आज अधिक खर्च करना पड़ सकता है महिलाओं के व्यवहार से हो सकता है आज आप कुछ दुखी नजर आए वृसभ रास के जात को आज आपके लिए देखिए करना क्या है पहली बात तो जितनी भी पुरानी जो है घर में बंद घड़िया है खोटे सिक्के सब हटा दीजिए कोई इसका मतलब नहीं है दूसरी चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे आज भगवान भोलेनाथ पर आपको जो है गंगा जल से अभिषेक करना रहेगा शहद डाल करके रुद्राष्टक के पाठ से आपके लिए लाइट क्रीम कलर आपके लिए शुभ रहेगा और यू नाम इस नाम के लोगों से सावधान रहिएगा अंक दो लकी नंबर है मिथुन राशि की ओर बढ़े उससे पहले एक कॉलर ले, ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी दोस्तों जी डेट ऑफ टाइम प्लेस बताइए रात रात मिनट ये पाँच की में बजे के बाद है ना हाँ जी आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है मकर राशि है हाँ जी।, जी आप अपना प्रश्न पूछिए हम चैनल पर ही आपको उत्तर बताए देते हैं जब मैं जॉब ट्राई तो मुझे दर्द दर्द लगता है अक्टूबर तो में आप जॉब करते थे बीच में जॉब आपकी ब्रेक हुई है ठीक बोल रहे हैं आपसे जी।, जी जी ठीक है जी बस अभी हम आपको बता रहे हैं चलिए छत्तीसगढ़ से इनका फोन है देखिए ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे है? अभी इनको जॉब नहीं मिली है लेकिन इससे पहले जॉब कर रहे थे और उसके बाद इनकी जॉब ब्रेक हुई है वर्तमान में इनकी राहु की महादशा चल रही है और जो इनके जॉब के कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं सूर्य श्रीमान जी आपसे एक निवेदन है कि एक आप माणिक धारण कर लीजिए बहुत अच्छा रहेगा गोल्ड में बनवा करके दूसरा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि राहु और केतु का यथासम्भव जितना जाप कर सकते हैं कर लीजिएगा राहू की महादशा चल रही है हमारा राहू का आप वीडियो देख लीजिए आपको काफी हेल्प मिलेगी उसके अलावा आप अपनी जन्म कुंडली का एक बार अच्छे से विश्लेषण करवा लीजिए तो कई स्थितियाँ क्लियर होती हुई नजर आएंगी दर्शकों एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं देखिए ये प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए ही स्पेशली ही रखा है नहीं तो हमको क्या था हम 15-20 मिनट का राशिफल बनाते और उसके बाद टाटा बाय बाय कर लेते आप लोगों की अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो जाए तो यही हमारी इच्छा थी इसमें भी कुछ लोग बहुत खामी निकालते तमाम देखिये कमेंट आते हैं अब उन लोगों को कूप मंडूक ही कहेंगे क्योंकि ये कुएं के अंदर के वो लोग मेढक हैं इससे ज्यादा उनको हम कुछ नहीं कहेंगे अच्छा काम करने चलिए ना तो आलोचना बहुत होती है हमारे इस राशिफल पे तमाम लाइक आते हैं जबकि सही राशिफल बताते हैं कुछ गलत नहीं बताते हैं उसके बाद भी देखते हैं लोग डिसक कर देते हैं तो जो भी हमारे प्रतिस्पर्धी हैं फेक आई से तमाम वो लोग कमेंट किया करते हैं करवाया करते हैं तो ये सब स्थितियाँ रहती उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे इतना ज्यादा जो है लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो दर्शकों आप लोग जैसा बताइएगा अगर आप लाइव राशिफल चलाना चाहते हैं तो लाइव राशिफल चलेगा नहीं चलाना चाहते हैं, बता दीजिएगा फोन नंबर क्या है कॉल कैसे करें एक कमेंट आया है तो फोन नंबर ये रहा आप इस पर कॉल कर लीजिए मिथुन राशि के जातकों आज आपके लिए दिन सामान्य रहने वाला कामकाज में आज आपका मन लगता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ आज आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे दुविधा की स्थिति में रहेंगे परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी सेहत को लेकर आज आकस्मिक घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही हैं। लापरवाही आज आपको नहीं करना है अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं व्यवसायी नौकरी वाले जातक कार से आज कुछ उबन महसूस करेंगे किसी भी कार को जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें अन्यथा क्षति होगी प्रेम संबंध में भावनात्मक देर नहीं टिक पाएगी लोग केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए आज व्यवहार अपना रखेंगे आर्थिक रूप से भी दिन नुकसान वाला है इसके साथ साथ निवेश अथवा नए कार्य का आरम्भ न करें तो अच्छा रहेगा टेलीफोन कॉल इतने आते हैं चलिए उठा ले रहे हैं और आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा मिथुन राशि के जातकों को ये ग्रीन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो शुभ अंक रहेगा करना क्या है दस वर्ष की छोटी कन्याओं का आज आपको पैर छूना है उनको कुछ मीठा खिलाना कर्क कर राशि पर आगे वाले उससे पहले कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी हेलो सर आवाज आ रही हूं तो बोलिए क्योंकि टाइम सर हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं दुर्गा बोल डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ये तीन चीज प्लीज बता दिया करिए नहीं तो हम फोन अब कट कर दिया करेंगे जी टाइम टाइम जी, और शिवरामू प्रदेश। जी, आपकी जो कुंडली है मेष लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है आप अपना प्रश्न पूछिए हमारा है, मैं मैं कर रहा हूं सरकारी वकील बनने के लिए जी और एकदम करीब से वापस हो जाता गुरु तो जी, जी गुरु जी एक चीज आपसे और जानना चाहते है की आपके मस्तक पर कोई चोट का निशान है ये बताइए बचपन का चोट एक लगी थी उसका निशान है। बस बस यही जानना था जी। चलिए आप चैनल हमारा देखिए इस पर हम जवाब दे रहे हैं और फिर भी एक बार हम आपसे यहाँ पर चाहते हैं राहु की आपकी महादशा चल रही है तो चीज़ें होते होते तो आपकी वैसे भी नहीं होगी आपके आगे थाली परोस दी जाएगी और फिर खींच ली जाएगी ये चीज स्थिति रहेगी तो एक बार ये कहेंगे कि अच्छे से आके आप पर्सनली मिलकर भी विश्लेषण करवा सकते हैं हम आपको फिर भी उपाय बता देते हैं अगर फायदा होगा तो फिर आके मिल लीजिएगा ये कन्नौज से बोल रहे हैं अपने जो है पड़ोसी ही हैं और इनका प्रश्न था ये सरकारी वकील बनना चाहते हैं क्या ये सक्सेज होंगे तो जी हां बिल्कुल आप सक्सेज होंगे वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में भी बुद्ध की अंतरदशा चल रही है तो सक्सेज होंगे लेकिन लेट सक्सेज होंगे काफी अभी इसमें समय रहेगा और बहुत उठा भरी स्थिति रहेगी हमको जो सक्सेज का रेशियो दिख रहा है ये दो के बाद का ही दिख रहा है करना क्या है देखिए सबसे पहले तो आपको राहु और केतु का यथासंभव जब करना है और कुछ इसका दान कर दीजिएगा गोमेद वगैरह कभी मत पहनिएगा कोई राहु का जेम और केतु का मत पहनी क्योंकि अपने सोलर सिस्टम में तो ये है ही नहीं है और जो सोलर सिस्टम में नहीं है तो उनके जेम पहनने का सवाल ही नहीं उठता है तो गोमेद उमेद कुछ मत पहनी कोई जेम यदि पहनना है तो यहां पर हम कोई जेम नहीं पहनना है नो जेम कोई स्टोन आपको सूट ही नहीं करेगा आप ट्राई करके देख लीजिएगा सिर्फ एक छोटा सा कार्य करिएगा शनिवार वाले दिन आप जाइएगा के वृक्ष पर शाम को जल चढ़ाइएगा और एक चौमुखी दीपक जलाइएगा चौमुखी मतलब एक दीपक में चार रूई की बत्ती होती है वो जला दीजिएगा इतना छोटा सा कार्य करिए और राहू का हमारा वीडियो देख करके प्लेलिस्ट में जाकर के उसके उपाय कर डालिए तो कर्क राशि की बात करें तो आज आपकी योजनाएं बनेंगी और आज आप उस पर कार्य करते हुए नजर आएंगे आपके पास यदि रोजगार नहीं है तो आज कोई नई आमदनी का जरिया आप खोजते हुए नजर आएंगे नए विचार आज आपके मन में आते रहेंगे आत्मविश्वास और सकारात्मकता दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है खुली बातचीत आपको अच्छे मौके दे सकती है परिवार में सुख शांति रहेगी जरूरी काम के लिए आज यात्राओं का योग बन रहा कहीं बाहर की यात्रा हो सकती है विदेशों में जो लोग आज कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है कुछ अच्छी खुशखबरी उनको प्राप्त होती हुई नजर आएगी सावधान रहिएगा आप किसी चीज़ में आज अगर अति करेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक स्थिति रहेगी और सावधान रहिएगा थकान आज लगेगी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आज करना क्या रहेगा तो आज पूर्व दिशा में देसी घी का एक दीपक जला दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा तुलसी के पौधे पर आज आपको माँ तुलसी के जो है पौधे पर जल अर्पण करना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर शुभ कलर है अंक शुभ अंक है और एन नाम और पी नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं तो सिंह राशि के जात को आज जो है जिस चीज की भी आप इच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं वो आपकी पूर्ण हो जाएगी गोचर कुंडली के लाभ भाव का जो है जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है किसी योजना या परेशानी का समाधान आज आपको मिल सकता है और कोई व्यक्ति आज आपके लिए बाहरी व्यक्ति मददगार साबित होता हुआ नजर आएगा इसके साथ-साथ आज कुछ बेचैनी जरूरत तो से आज आज आज हो सकता है। ज्यादा काम होने से आज आपको थकान हो सकती है आज थोड़ा संभल कर रही है वाहन सावधानी पूर्वक सिंह राश के जातकों को चलाना है करना क्या है आज आप हाँ श्रम दान करना है धार्मिक स्थानों पर दान का मतलब जान रहे ना आप धर्म स्थान पर जाकर के सफाई कर दिए झाड़ू पोछा लगा दिए कुछ भी करिएगा ये चीज आज आप करिएगा जरूर इसके साथ साथ जो है लव पार्टनर से भी आज आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए जो है पिंक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपके लिए शुभ अंक रहेगा और आपको बी नाम और आर नाम के लोगों से सावधान रहना है कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो कन्या राशि के जात को आज ज्यादातर काम पूरे होने से आज, आज आप खुश होते हुए नजर आएंगे आज जो प्लान करेंगे उसका आपको अच्छा फल मिल सकता है आज, आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा धैर्य रखिएगा अपने काम से काम रखिएगा बहुत अच्छा रहेगा आज अपनी बातें दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उनसे आपको कुछ मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी इसके साथ साथ ऑफिस में विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए आज नजर आएंगे पीपल के पेड़ के नीचे आज करना क्या है तिल के तेल का आपको दीपक जलाना रहेगा लव लाइफ में किस्मत का साथ हो सकता है कुछ ना मिले तो आप किसी तरीके के आज जोखिम उठाने से आज, आज आपको बचना है पार्टनर के लिए ईमानदार रहिएगा कोई बहुत बड़ा सौदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर यहाँ पर आपके लिए शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपके लिए शुभ अंक है ओ नाम और आई नाम के लोगों से सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है लिए। हमारी जो अब अगली राशि आती आती है ये आती है ये लिब्रा अर्थात तुला देखिए आप लोग इतने लोग इतने देख रहे हैं लेकिन कंजूसी बहुत कर रहे हैं पचहत्तर लोग देख रहे हैं लेकिन एक लाइक आप लोग नहीं कर सकते कॉल लेते हैं हेलो हेलो राम राम सर राम राम जी राम राम जी मुझे कुछ तो बर्थ तेरह अक्टूबर हाँ और और टाइम है सुबह चार बजे बच, चार बजे और प्लेस है जॉनपुर जॉनपुर की है आप। आपकी कुंडली के है। है, तो ये मेरी नहीं है बट के बारे में तो ये आपकी जन्म कुंडली है कि किसी और की है मेरी है ओके जी चलिए पूछिए हेलो सर हाँ जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना पूछिए जी मुझे जॉब के के बारे में पूछना था अभी तो गवर्नमेंट लिए कब कब कहीं कुछ हो नहीं रहा है तो तो मतलब तक क्या होगा तो आप बता दीजिए चलिए ठीक है इनकी जो कुंडली है आप हमारे चैनल पर जो है इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कुछ छुपाए बता देंगे वो आप करा दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा की एक बार इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवा दीजिएगा क्योंकि करियर के लिहाज से जो है काफी कुछ इनकी कुंडली में कॉम्प्लिकेशन है तो चलिए इनकी जो कुंडली है दर्शकों सिंह लग्न की कुंडली है तुला राशि है और जो यहाँ पर नौकरी के कारक ग्रह बनते हैं ये बनते हैं शुक्र और लग्न में ही शुक्र विराजमान है पूरा विश्लेषण तो नहीं करेंगे पूरा विश्लेषण करने लगेंगे तो एक डेढ़ घंटा दो घंटा ऐसे ही लग जाएगा नौकरी का जो क्वेश्चन है वर्तमान में शनि की महादशा चल रही शनि इनके बहुत ही ज्यादा जो है अकारक है अमात्य कारक अगर हम ग्रह कहें तो है सूर्य देव को यदि ये प्रतिदिन अर्घ्य देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा 2020 के बाद सफल होने से इनको कोई नहीं रोक सकता है दूसरा यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो है शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर जो है जल में तिल का तेल डाल करके अभिषेक ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा अर्पण करें अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर तो तुला राशि के जात किस्मत का प्रॉपर आज आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ आज जो है आज, आज आपका दिन बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहेगा आज हो सकता है कि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में और वो फ्यूचर में आपकी ज्यादा हेल्प करते हुए वो नज़र स्वभाव में भी आज कुछ आपका रहेगा आकस्मिक यात्राओं का योग बनता हुआ नजर घरेलू दैनिक कार्यों में भी कलह के कारण रहा होगा महिलाएं भावुकता में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकती हैं जिसका बाद में पछतावा होगा कोशिश कीजिएगा योग का सहारा लीजिएगा प्राणायाम करिएगा बहुत अच्छा रहेगा अपनी वाड़ी का संतुलन वाड़ी में संतुलन रखिएगा वाड़ी का सही इस्तेमाल आज आपको करना रहेगा और आपके लिए उपाय बता देते हैं भैर भैरव मंदिर में आज काले कपड़े में उलट रख करके आज जो है दान कर दीजिएगा अच्छा रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपका शुभ अंक है शुभ कलर की बात करें तो पिंक कलर आपका शुभ कलर है और आपको बी नाम आर नाम के लोगों से सावधान रहना है वृश्चिक राशि पर आगे बढ़े कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी Hello, राम राम गुरु जी मत कहिए आप माता तुल्य हैं जी आपकी एज ज्यादा है आपकी आवाज से लग रही है सताइस फरवरी उन्नीस सौ तेरासी उन्नीस सौ तेरासी तब बहुत बड़ी नहीं है सताइस जो उन्नीस टाइम बताइए टाइम शाम के एक बताइये टाइम तो पता नहीं वही सावा सावा के बीच तो हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि नक्षत्र उसके सब लॉर्ड जो है ये चेंज हो जा रहे हैं तो इसके लिए आप प्लीज माफ करिएगा आप अपनी परेशानी बता दीजिए प्रश्न कुंडली से हम आपको कुछ जो है बता आ, सकते, तो हैं।, तो मतलब नहीं, सकते नहीं, आप, हैं नहीं नहीं आप आप अपनी आप अपनी परेशानी बता दीजिए हम प्रश्न कुंडली से जो है आपकी समस्या का निवारण कर देंगे दो कुंडली हम एक साथ नहीं देख सकते हैं काम हम हो या मेरे हस्बैंड कुछ भी करते हैं है, है। सिंह लग्न की कुंडली है, जो है उस समय जो है इनका जो प्रश्न का वो है तो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है सिंह राशि भी उदित हो रही है देखिए हम आपको बताना चाहेंगे जो यहाँ पर धन के भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुद्ध तो आपको करना क्या रहेगा बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाना रहेगा शुक्रवार को श्री सूक्त के पाठ से आपको मां लक्ष्मी का हवन करना रहेगा ये हमारे चैनल पर आप चली जाइएगा वहाँ पर बताया गया है कि, कि किस तरीके से करना है तो वृश्चिक राश के जात उससे पहले कॉल और ले लेते ले ले हैं हलो राम राम जी प्रकाश रहे हैं बताइए कल आपसे शायद बात हुई थी सत्ताईस दिसम्बर आपकी कुंडली देख चुके हैं तो और लोगो को भी मौका दीजिए भैया थोड़ा सा बताइए भैया हम मकान बनाने कोशिश कर रहे हैं वो नहीं और दूसरा चीज एक आपसे और जानकारी देना था की हमें किया है कि क्षेत्र में हम हमारा करियर बनने की उम्मीद है भैया टाइम क्या है आपका पाँच बज के मिनट भैया शाम को स्थान है सताप कर देखिए एलएलबी किए हुए हैं और लॉ सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जा सकते हैं लेकिन राहु का आपको जाप करना है कैसे करना है राहु का वैदिक मंत्र ले लीजिएगा उसका आपको जाप करना रहेगा मणि प्रकाश पांडे जी दूसरी चीज घर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं तो पेपर वर्क बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा तब घर पर हाथ लगाइएगा अन्यथा कुछ दिक्कत आती हुई हमको यहाँ पर दिख रही है वृश्चिक राश के जात को आज यात्राओं का योग प्रातः काल से ही बन रहा है किसी आज आप अपोजिट जेंडर वालों की हेल्प करते हुए नजर आएंगे आज कोई खास परेशानी आपकी बढ़ सकती है किसी नई बात या किसी छिपी हुई बात का पता लगने से हो सकता है कि आज आपका मूड कुछ अपसेट रहे आज आप बेचैन होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे किसी बात को लेकर के आर्थिक रूप से शाम का दिन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा इच्छाओं की पूर्ति होने वाला दिन रहेगा पारिवारिक वातावरण भी जो है ठीक ठाक ही रहेगा बहुत अच्छा तो नहीं यहाँ पर दिख रहा है व्यवसायिक वर्ग आज समय परिवार के बुजुर्ग लोग जो है वो आज पुरानी बीमारी से अधिक ग्रसित होते हुए नजर आएंगे तो वृश्चिक राश के जात को करना क्या है आज अपने घर पर जो है दोनों गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा दोनों तरफ तो बहुत अच्छा रहेगा ऑरेंज कलर शुभ कलर है और आपके लिए शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच आपके लिए शुभ अंक रहेगा यू नाम और आर नाम के लोगों से सावधान रहना है तो धनु राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ हाँ जी मेरा मेरा नाम है डेट ऑफ बर्थ है सत्ताईस अप्रैल पटना का है और टाइम मिनट पे मॉर्निंग में सात पैतालीस हाँ जी तो मुझे जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है सर एक जी। मिनट आपसे बात हो चुकी है ना हेलो हेलो हेलो हाँ जी आपसे बात हो चुकी है ना नहीं सर नहीं हुई है अच्छा आपकी वृष्ट लग्न की कुंडली है सिंह राशि है हाँ। आप इस समय जॉब में ही हैं हाँ, जॉब में अच्छा जॉब चेंज करने का मूड है हाँ। अच्छा जी प्रशासनिक सेवा में नहीं, नहीं, आ, जो काम कर जो, आ, आ, आई टी में अच्छा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ना चाहती है ओके हाँ, जी एक चीज और बता दे विदेश जाने का योग है ये बिल्कुल ट्रुथ है और फ्यूचर में हो सकता है कि आप यहाँ इंडिया में ना रहें जी तो विदेश जाने का योग बन रहा है लेकिन अभी नहीं बन रहा है थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा आप देखिए दो काम कर लीजिएगा सबसे पहली चीज एक मंगल की महादशा चल रही मंगल में राहू का अंतर चल रहा मंगल इनका उच्च का हो गया है भाग्य के घर में उच्च का हुआ है तो एक आप मूंगा पहनी देसी मूंगा पहनिएगा ये लीजिए मिडिल फिंगर में पहनिएगा राइट हैंड के मिडिल फिंगर में आपको मूंगा पहनना रहेगा तमाम लोग देखेंगे चौके अरे किसने इस हाथ में पहना दिया इसी उंगली में पहनिएगा मकर राशि में जब उच्च का हो जाता है तो इसी उंगली में जाकर भी उच्च का प्रभाव देगा मिडिल फिंगर में आप सात कैरेट का जो है पहनी मूंगा पहली चीज दूसरी बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे राहु और केतु का जब कर लीजिएगा तीसरी चीज पूर्णिमा का व्रत उठा लीजिए बहुत अच्छा रहेगा शनिवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आपको जो है जल चढ़ाना रहेगा इतना काम करिए और अपनी जन्म कुंडली का एक बार पूरे अच्छे से विश्लेषण करवा लीजिए कुछ और भी टिप्स रहते हैं उपाय रहते हैं एक दो मिनट में कुंडली अच्छे से नहीं एनालाइज हो पाती है तो धनु राशि की बात करें तो धनुराशि की जात को आज मन की बात किसी से शेयर करने की आज आप इच्छा करेंगे धन संबंधित कार्य आज आपके पूर्ण होने के योग हैं आज आपको लाभ होने का भी जो है इसमें कारोबार में आगे बढ़ने के अच्छे मौके आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है परिवार के लोगों की आज मदद मिल सकती है इसके साथ साथ किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपने शब्दों का चयन स्वस्थ शब्दों का चयन करिएगा ठीक रहेगा करना क्या सौफ का अधिक से अधिक सेवन आज आपको करना रहेगा और गणेश जी पर आज आपको दूरबा ग्यारह दूरबा ओम गंग गणपत नमा मंत्र बोलकर चढ़ाना रहेगा येलो कलर शुभ कलर है और शुभ अंक की बात करें तो अंक शुभ अंक है ओ नाम और पी नाम के लोगों से सावधान रहना है कैप्रिकॉन पर आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से एक कॉल ले लेते हैं हेलो हेलोम हाँ जी डेट ऑफ बर्थ है बारह दिसंबर उन्नीस जी टाइम सुबह रात्रि ग्यारह बजे तेईस बजे प्रश्न पूछिए अपना ज्योतिष आप ज्योतिष की तैयारी कर रहे हैं सफलता तो तो तो तो तो अच्छा जी चलिए ठीक है हम आपको बताए दे रहे हैं इनकी जो कुंडली है इनकी सिंह लग्न की कुंडली है कन्या राशि है इनकी इनका जो प्रश्न है कि ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं क्या इनको सफलता मिल पाएगी तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सफलता मिलने का तो देखिए योग है इसमें कोई संशय नहीं है और लेकिन अभी वर्तमान में देखिए राहु की महादशा चल रही है तो राहु बहुत आपके माइंड को भ्रमित करेगा बेहतर ये रहेगा आप एक अपना पहले जॉब की तैयारी करिए करियर को पकड़ लीजिए इसको आप पार्ट टाइम बनाइए और भाई हम लोगों के कभी रोजगार चलने दीजिए खैर हम तो मजाक कर रहे हैं बुरा मत मानिएगा अच्छे ज्योति बनने का योग यहाँ पर है राहू का जितना संभव हो आप मूली का दान कर सकते हैं इसके साथ साथ आप जो है मछलियों को चारा भी दे सकते हैं आप हमारा राहु का वीडियो देख लीजिए भ्रामरी प्राणायाम भी हमने बताया हुआ है आपका मन बहुत उससे शांत रहेगा तो भ्रामरी प्राणायाम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है धन के घर में तो पैसा तो आप बहुत कमाएंगे ज्योतिष से भी कमाएंगे और नौकरी से भी कमाएंगे तो अब चलिए अगली राशि पर बढ़ते हैं कैप्रिकॉन तो अच्छा परेशान करती हुई नजर आएगी धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है मन में चल, चंचलता आज बहुत ज्यादा रहेगी व्यवसायिक वर्ग व्यवसाय में तेजी आज रहेगी तो काफी उत्साहित रहते हुए नजर आएंगे नए कार्यो का विचार बना करके जल्द ही इस पर काम आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थ के कारण थोड़ी असुविधा आपको बनी रहेगी स्थिति संभालकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा और आकस्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं संभव हो तो वो यात्राएं टाल दें अन्यथा फिर लाभ से वंचित रह सकते हैं चलिए करना क्या है मकर राशि के जातकों को मकर राशि के जो हमारे जातक की वीडियो देख रहे हैं तो आज गाय को रोटी खिलानी रहेगी और उस पर आपको हल्दी लगा देनी है शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए ब्राउन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छह शुभ अंक रहेगा और आर नाम टी नाम के लोगों से सावधान रहना अगली फोन कॉल लेते हैं कुंभ राशि पर आगे बढ़े राम राम जी जी आगे टाइम बताइए का शाम को अच्छा जी प्रश्न पूछिए अपना तो तो तो तो तो देखिए इनका जो क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है और इनकी जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है सिंह राशि शुक्र इनका नीच का हो गया है और जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कुंडली इनकी कह रही कि जॉब जॉब में अब हैं कर रहे हैं बीच में हो सकता कोई हुई इनकी छूटी है अगेन ये फिर जॉब में आएंगे अभी वर्तमान में शनि में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और शनि चंद्रमा का अंतर जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है तो शनि को आपको शांत करना है पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी डाल करके अर्पण करिए दशरथ के स्त्रोत का आप पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मूली का दान भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि की ओर चलते हैं तो कुंभ राशि के जात को आज नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई नजर आएंगी और आज आत्मविश्वास आज आप हर कार्य में श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगे वर्चस्व को लेकर के आज हो सकता है कि जूनियर के साथ आपका टकराव हो जाए मन इच्छित कार्य न होने से क्रोध आएगा व्यावसायिक वर्ग को पूर्व में किए गए निवेश का आज लाभ धूना मिलेगा परंतु नवीन कार्यों में धन धार्मिक कार्यों में दिखावे अथवा स्वार्थवश सहभागिता देंगे और सामाजिक क्षेत्र पर आज सम्मान में कमी आती हुई नजर आएगी बोलचाल में संयम रखिएगा विद्यार्थी वर्ग आज मानसिक दुविधा में रहने से श्रेष्ठ प्रदर्शन से आज चूकेंगे घर में मन कम ही लगेगा जीवन साथी के साथ भी आज कुछ बात विवाद होता हुआ नजर आ रहा तो कुंभ राशि के जातकों को करना क्या रहेगा आज महिलाओं को कुछ मीठा आपको दान देना रहेगा उसके बाद यदि संभव हो तो अगर किन्दर मिल जाए तो उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा ब्लैक कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा आप आर नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहिएगा अंतिम राशि पर आगे बढ़े उससे पहले अंतिम कॉल ले लेते हैं फोन कट गया चलिए तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ परमित जी लिखते हैं प्रणाम गुरुजी जी तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ परमित जी कोशिश करिए मेहनत करिए लगेगा फोन हेलो हलो, हलो। uh, should... हाँ जी आप बोलिए ये चीज देखिए गलत है दर्शकों हलो हेलो हाँ जी, हाँ जी आप बताइए अपनी टाइम जी जी एक बजकर चालीस मिनट है एक जी।, जी और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश अच्छा जी मकर लग्न की कुंडली है राशि है जी जी। क्या जी है जी जी। क्या जी है क्या क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये जी तो ऑलरेडी जॉब राहु की दशा चल रही है इस समय मानसिक रूप से परेशान होंगे आप जो है लेकिन जॉब पे तो आप कुंडली कह रही कि आप जॉब में भी हैं है गुरु जी, मैं सरकारी सेवा देखिये से जी। तो जी, जी सूर्य सूर नीच का है और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है आपके कुंडली में सूर्य देखिये सूर्य बलवान करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पिताजी के आप पैर छुए ठीक है प्रतिदिन उठ के पैर छुइए अगर आसपास पापा के साथ नहीं भी रहते हैं तो उनकी एक फोटो रखे रही है, उसको देख के उनका पैर छुआ करिए दूसरा प्रतिदिन सुबह के सूर्य को अर्घ आपको देना रहेगा जी और आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार देखिए करवा लीजिएगा एक दो मिनट से आप भी चाहते हैं विश्लेषण नहीं हो पाता है जी है देखता हूं तो क्या जल जल में में भी कुछ डाल के रोली जल में रोली वगैरह आपको करके यहां पर नहाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ द, जल में डालना ही है तो आप एक चुटकी हल्दी डाल करके नहा सकते हैं दिखो, दिखो। और मंगल भी आपका उच्च का देखिए है चंद्रमा भी आपका उच्च का है तमाम जो है अच्छे योग आपकी कुंडली में बन रहे रुचक नामक जो पंच महापुरुषों में एक योग होता है वो आपकी कुंडली में बन रहा है मालव्य महापुरुष योग बन रहा है कर्म के क्षेत्र में आप एक ओपल धारण कर लीजिए सबसे पहले तो ओपल ओपल धारण कर लीजिए चांदी में बनवा करके और मिडिल फिंगर में पहन लीजिए और इसके सब आठ से नौ रत्ती का आप पहनी ठीक है।, है जी ठीक है जी ओके देखिए फोन आया इनका एस्ट्रोलॉजर ये भी है इनकी बातों से हमें लगा जॉब ऑलरेडी ये कर रहे थे कुछ डिस्टरबेंस पढ़ा रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जो राहु है वो इनको सिविल सेवा में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा पैर पकड़ के खींच ले रहा है आप हमारा राहू का वीडियो देखिए राहू का पहली बात तो उपाय करिए पराक्रम के घर में बैठा पराक्रम की आपके अंदर कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर राहू का आप उपाय करिए क्योंकि जो ग्रहों की महादशा चलती है तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि हमारी अंतिम राशि है मीन राशि की और बातें देखिए गला बोलते बोलते जो है लगातार माफ करिएगा इसके लिए तो आज कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने का दिन है कोशिशों से आज आपको कुछ नया विकल्प मिलता हुआ नजर आएगा आज कोई भी गोपनीय बात आपको पता चलती हुई नजर आ रही है उठा लेते भैया परेशान मत हुई कोई भी गोपनीय बात पता चलती हुई नजर आ रही भाग्योदय करने वाला आज दिन है उच्च प्रतिष्ठित सामाजिक लोगों से मिलना जुलना आज आपका हो सकता है आज आपका व्यवहार भी हो सकता है किसी को पसंद ना आए तो मूड थोड़ा आपका अपसेट होता हुआ नजर आएगा आज भविष्य में आप निवेश के लिए अच्छा दिन है फैसला लेते हुए नजर आएंगे घर एवं बाहर का वातावरण आज आपको अनुकूल मिलेगा सहयोग मिलेगा आज आपको पेशेंस रखना होगा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा संध्या का समय परेशान हो, हो और मीन राशि के जातको आज माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंता बनी रहेगी यात्राओं का योग है शाम तक की और बिजनेस में जो है आज आपको कुछ सफलता मिलती हुई नजर आएगी करना क्या रहेगा तो करना यही रहेगा आज आपको विष्णु नाम का करना रहेगा और गणेश ये दो आप कर लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा पर्पल कलर आपके लिए शुभ शुभ कलर रहेगा अंक की बात करें तो अंक आपका शुभ अंक रहेगा आपको सी नाम और आर नाम के लोगों से सावधान रहना है हेलो हेलो सर जी जीवरी जी टाइम बताइए थर्टी टू मिनट इक्कीस बज के दो मिनट नौ बज के थर्टी टू मिनट ओके थर्टी टू सिंह लग्न की कुंडली है वृक्ष राशि है हाँ। जी बताइए बहुत ही हम भी बहुत आज लकी हैं कि हम आपकी कुंडली देख रहे हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त कुंडली है आपकी ओके थैंक यू जी आप uh, अभी जी भी में कोचिंग कर है प्रॉब्लम्स और भी जो डिस्टर्ब हो रहा है है तो उस बारे में है। समझ रहे हैं यहाँ पर देखिए आप एमबीबीएस की तैयारी में लगी हुई हैं वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है लेकिन इन समय को आप काटिएगा स्टूडेंट हैं तो हंसकर काटिए ठीक रहेगा बाधाएं आती है जाती रहेंगी और रही आपकी जो आप पूछ रही है की मेडिकल टर्म से रिलेटेड आप पास आउट होंगी कि नहीं होंगी आगे डॉक्टर बनेंगे की नहीं बनेगी आप कई चीज करेंगी एम भी करेंगी उसके बाद एम भी करेंगी तीसरी चीज एक और बताए दे रहे हैं बड़ी डॉक्टर बनने के बाद हो सकता है कि आपका मन ना लगे तो आप सिविल सेवा की तरफ भी रुझान आपका आ जाए तमाम कलात्मक चीजें आपके अंदर है आप बहुत अच्छा गाती हैं बहुत अच्छा आप डांस कर लेंगे बहुत अच्छा आप किसी की एक्टिंग उतार लेंगे तमाम कलाओं से आप युक्त हैं पिताजी भी आपके जो हैं कोई गवर्नमेंट जॉब में जो है प्रतिष्ठित पद पर होने चाहिए okay, और आपको हम कुछ छुपाए बता दे रहे हैं कुछ टिप्स बताए दे रहे हैं इसको आप करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा रहेगा सबसे पहली चीज तो आंख बंद करके आंख बंद करके एक मोती लीजिएगा मोती एक जेमस्टोन आता है चांदी में इसको बनवा करके आप अपनी राइट हैंड की और यहां पर हम आपको पहनाएंगे जी हा इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा पहली उंगली में पहली उंगली में सब लोग कहेंगे लिटिल फिंगर लिटिल फिंगर ना जी ना, ना लिटिल फिंगर में नहीं पहनना आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना है अगर आपको वास्तव में लाभ लेना है दूसरा राहु से रिलेटेड हमारा आप वीडियो देख लीजिएगा जो भी उपाय बताए हैं कर डालिएगा चूंकि आप डॉक्टर लाइन से रिलेटेड इंटर आपने पास आउट किया है भ्रामरी प्राणायाम अभी भ्रामरी प्राणायाम अभी से यदि आप अपना लेती हैं तो आगे फिर कहने ही क्या और स्ट्रगल रहेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा घबराइएगा नहीं असफलताएं आपको अभी मिलेंगी एकदम से सफल नहीं हो जाएंगी कोई चमत्कार किसी के पास नहीं है लेकिन जो चीज़ हमने बताई है इसको करने के बाद से आपको जो है अच्छी चीज़ें अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो दर्शकों देखिए ये थी इनकी कुंडली हमने इनको बता दिया एक चीज और आप कर लीजिएगा जब भी पढ़ाई करिएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके आप पढ़ाई करिएगा तमाम फोन कॉल आ रहा किसका ले हेलो नमस्कार सर जी टाइम आउट हो चुका है सर, अच्छा, कर से है सर।, सर अब बताइए हम क्या कर सकते हैं बताइए इतने लोगों की हेल्प करते हैं सर डेट ऑफ बर्थ है तीन अप्रैल उन्नीस सौ नब्बे तीन जनवरी उन्नीस सौ नब्बे उन्नीस सौ नब्बे उन्नीस सौ नब्बे जी तीन बज के दस मिनट सामने राखी राखी है सिंह लग्न की कुंडली कर्क राशि है आपकी सिंह लग्न की कुंडली है कर्क राशि है तो है, आप चैनल पर सुन लीजिए देखिये इनकी नौकरी की जो प्रॉब्लम है राहू की पंचम दृष्टि नौकरी के घर पर पड़ रही है और वर्तमान में बुद्ध की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतरदशा इसमें चल रही है नौकरी से रिलेटेड अभी आपको प्रॉब्लम आएगी मंगल चूंकि आपका यहाँ पर उच्च का है लेकिन त्रिक भाव में बैठा हुआ है तब भी हम यहाँ पर आपको सलाह देंगे एक आप कोरल धारण कर लीजिए कॉपर में बनवा करके बहुत अच्छा रहेगा हेलो राम राम सर जी टाइम आउट हो चुका है सर बहुत कॉल हमने ले ली है आ, मैं कब से ट्राई कर रहा था सर टाइम आउट हो चुका है क्या करें सर ये बताइए अकेले आदमी है सर इतने लोगों के फोन आते हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी परेशानी या मैं समझता हूं, मैं मुझे तो मैंने दोपहर में भी में आपके yeah. yeah. अभी, अभी तो मासे ने उठाया था उन्होंने कहा पंद्रह मिनट के बाद वो यूट्यूब ऑनलाइन में रहेंगे तब आप कॉल कर दीजिएगा सर आप आप सर देख लीजिए यूट्यूब पे ऑनलाइन ही है और लगातार सर हम कॉल लेते ही आ रहे हैं सबके कॉल सर हम एक राशिफल एक से दूसरे राशिफल के बीच में दो दो कॉल तीन तीन कॉल सर ले लेते हैं मैं, मैं तो है। है। दर्शकों इनसे तो अभी हम बात कर ही रहे दीजिए अपने इस जो को इस फ्रेंड को इस भाई को इजाजत और यदि कोई भूल रही हो तो प्लीज क्षमा करिएगा जितनी ताकत हमारे अंदर है अपनी सारी ताकत लगा देते हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए और आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि अपना आशीर्वाद देते रहिएगा हमारे जुबान पे माँ सरस्वती का वास हो भगवान जो है नारायण का साक्षात जो है जो भी हम कहें वो सच हो क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम ठीक है दर्शकों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दीजिए इजाजत नमस्कार राम राम आपका दिन शुभ हो